हरिद्वार हरकी पौड़ी क्यों अरे कुछ नहीं होता सबको बताए कोई कोई घूमने सब आते है हेलो ये कौन है ये हम हरिद्वार हरकी पौड़ी में अभी जो हम हरिद्वार में हैं और ये पूरे हरकी पौड़ी है ये सब लोग इधर नहा रहे हैं ये हरकी पौड़ी हरिद्वार ये जाओ तुम उधर जाओ मैं देखे मनाओ बैठे निधि चंदन लो भैया लगा लो हाँ लगाते लगाते लगाते है, लगाते का You believe in it?